एक ज़माना ऐसा भी था जब शिवांगी जोशी नायरा बनकर फैंस के दिलों पर राज करती थी उस दौरान शिवांगी जोशी अपने कोस्टार मोहसिन खान को अपना दिल दे बैठी थी शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के अफेयर की खबर कई बार सोशल मीडिया की दुनिया को हिला चुकी है हालांकि शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको शिवांगी जोशी और मोहसिन खान की लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर शिवांगी जोशी और मोहसिन खान की पहली मुलाकात हुई थी काम करते करते दोनों ने कब एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया ये किसी को पता ही नहीं चला शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने कभी भी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई शिवांगी जोशी और मोहसिन खान हमेशा एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं टीवी पर शिवांगी जोशी और मोहसिन खान की केमिस्ट्री फैंस को साफ नज़र आती थी फैंस को लगने लगा था कि असल जिंदगी में भी नायरा और कार्तिक के बीच खिचड़ी पक रही है आपको जानकर हैरानी होगी शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने लगभग पाँच साल तक काम किया है कई बार मीडिया ने शिवांगी जोशी से उनका रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानने की कोशिश की मीडिया की बातें सुनकर अक्सर शिवांगी जोशी शर्मा जाती थी अचानक ही शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के ब्रेकअप की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि शिवांगी जोशी और मोहसिन खान अब साथ नहीं है ब्रेकअप होने के बाद भी शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने साथ काम करना बंद नहीं किया ब्रेकअप के बाद भी शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने टीवी पर खूब रोमांस किया है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ख़त्म होने के बाद शिवांगी जोशी और मोहसिन खान साथ काम नहीं करना चाहते शिवांगी जोशी के बाद मोहसिन खान को भी बालिका वधू दो में काम करने का मौका मिला था मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिवांगी जोशी का नाम फ़ाइनल होते ही मोहसिन खान ने बालिका वधू दो में काम करने से इनकार कर दिया कुछ समय पहले ही शिवांगी जोशी ने बताया था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है से अलग होने के बाद उनका और मोहसिन खान का रिश्ता कैसा है शिवांगी जोशी ने दावा किया था कि वो अब भी मोहसिन खान से बात करती हैं और दोनों अच्छे दोस्त हैं